बहुत जोर का दिखाऊंगा ना नहीं नहीं चार किसी को नहाने आ रही है तू नहाबे नहाने वाले नहीं गांठो बना बंद कर दे जो हाँ ताम देखो हाँ ओके हाँ ओके हाँ एक दूंगा आपने जब नहीं तो एक बार बराबर होनी होगी। ठीक है चलो ले। ओके। एक सेंड दूंगी ओके। अभी साढ़े दोजो। ओके। एक सेंड लो। तो कुछ भी आएगी। Oke. Oke. Tunggu dulu. Tunggu. Tahan dulu. Oke. Simple aja udah. Iya.